सागर सागर सागर सागर सागर नीलक तेरा पतला गया पतला गया जद कर दी सितारा वाले खावे के कारेंगे मैंने ना करी यह ते कारे, ओ पता करो किरें पंगे, पुड़ी कितने ते कराई अत्यावे, पता करो किरें पंगे, पुड़ी कितने ते कराई अत्यावे, तुझे तक सुन कोई ना, सुन कोई ना, पुड़ी चोप राधे सिने अगलावे, तुझे तक सागर सागर सागर सागर सागर सागर सागर